हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे कि स्क्रीन पर दिखा रहा है आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर सेट कर देना है जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट